नमस्कार दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको यूपी बोर्ड 2022 के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई तो 1820 में 1830 में 1840 में या 1850 में इसका आपको आंसर पता है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और नहीं बताएँ तो मैं बता ही रहा हूँ तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1830 में कब आई थी 1830 में तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब सोलह में कब सोलह में चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न है तीन करो या मरो का नारा किसका था बोलो ये नारा किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह ने या महात्मा गांधी जी ने तो मैं बता दे रहा हूं यह नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है जो बेल्जियम है यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है मतलब देश है ना कि कोई शहर है तो चलिए मैं बताइए आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना उत्तरी यूरोप में पश्चिमी यूरोप में पूर्वी यूरोप में या दक्षिणी यूरोप में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में कहाँ पश्चिमी यूरोप में अब चलिए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई ये तो सबको ही पता होगा नहीं पता है तो फिर भी मैं ही बता दे रहा कब हुई थी सत्रह सौ नवासी कवि थी सत्रह सौ नवासी चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है वैसे इंपोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आने कि हंड्रेड परसेंट संभावना है आपको कुछ नहीं करना आप ये क्वेश्चन कर लो आपके एसएसटी में ऑब्जेक्ट में यही क्वेश्चन मिलेंगे जब आप पेपर देने जाओगे चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेपोलियन का संबंध किस देश से था मतलब नेपोलियन किस देश से था कह सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस जर्मनी या इटली फ्रांस इंग्लैंड जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था जर्मनी से या इटली से या फ्रांस से या इंग्लैंड से तो उसका संबंध था फ्रांस से कहाँ से फ्रांस से फ्रांस से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट थोड़ा ऐसे ही चल रहा है इसे जरूर पढ़ लेना ठीक है तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा कब लौटी थे? 1915 कब लौटी उन्नीस सौ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों किया गया था और क्या कारण था उसका मुख्य कारण क्या था कारण तो बहुत भी होंगे लेकिन मुख्य कारण कौन सा था रॉयल एक्ट या प्रथम विश्वयुद्ध या खिलाफवता आंदोलन या फिर चोरी चोरा की घटना या फिर चोरी चोरा की घटना तो इसका मुख्य कारण क्या था था रॉयल एक्ट रॉयल एक्ट रॉयल एक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा रॉयल एक्ट ठीक है अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भारतीय है, राष्ट्रीय है। अच्छा आशुक अंदोलन का पता चल गया कौन सा था रॉयल एक्ट क्या था रॉयल एक्ट भारत अब नवा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी अठारह ईस्वी में या फिर अठारह ईस्वी में या फिर अठारह ईस्वी में या अठारह ईस्वी में कब हुई थी अठारह में कहाँ हुई थी मुंबई में या कोलकाता में कब हुई थी अठारह सौ पिचासी ईस्वी में ठीक है राइट आंसर होगा अठारह सौ पचासी आपको कुछ नहीं करना बस ये क्वेश्चन कर लेना आपके हंड्रेड परसेंट यही क्वेश्चन छपे मिलेंगे पेपर में इस बार देख लेना चो, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था अठारह सौ बाईस में अठारह सौ चौबीस में अठारह सौ पच्चीस में अठारह सौ तीस में कब हुआ था एक्चुअली डेट नहीं आएगी लेकिन डेट आ भी जाए तो ये कब होता चार फरवरी को कब चार फरवरी को चार फरवरी ठीक है ठीक है राइट आंसर क्या हुआ था कि चार फरवरी 1922 में कब हुआ था चार फरवरी 1922 में ठीक है चलिए अब ग्यारह क्वेश्चन है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था उन्नीस 1924 या उन्नीस या उन्नीस कब हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस सौ उन्तीस कितना उन्नीस सौ उन्तीस अरे रुक जा। राइट आंसर ठीक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अफीम कहां से निर्यात किया जाता था चाइना से, से, से, से? तो से, से। कोई नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन तेरा क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र मौद्रक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां हुआ था लंदन न्यू हेम्पचर या न्यूयॉर्क या वर्लियन वर्लियन कहा हुआ था इसका राइट आंसर राइटर बी न्यू न्यूर ठीक है अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी मतलब क्यों की थी कारण क्या था रॉयल एक्ट के विरोध में या साइमन कमीशन के विरोध में या उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून कानून तोड़ने हेतु किस लिए की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कौन सा डी नमक कानून तोड़ने हेतु किस लिए नमक कानून तोड़ने हेतु ठीक है अब अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण एक में मुख्य भूमिका किसकी थी गेरीवाल्डी या फिर ओटोवोन बिस्मार्क या फिर नेपोलियन ने? है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे ओटोबोन बिस्मार्क ठीक है ठीक है अब अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा उन्नीस में 1928 में उन्नीस में 1930 में, में. कब पहुंचा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब 1928 क्या प्रॉब्लम करने लगता है ये पता नहीं थोड़ा दबा के चलाना पड़ेगा ठीक अब अगला क्वेश्चन चलते हैं गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था पोरबंदर दांडी वर्दा या फिर, फिर ले लो किया था लास्ट क्वेश्चन है फ्रांस में गर्तन्त गर्तन्त की हुई? फ्रांस में की हुई? में में अठार में में में दिवस की की घोषणा घोषणा कब कब हुई हुई 1815 1830 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 1815 ठीक है मैं बस आपको इतने क्वेश्चन करने कुछ नहीं करना ऑब्जेक्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाले हैं तो बस आपसे एक विनती है कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें लाइक कर दें और मैं आपको कच्चा से छः से लेकर जितने सब्जेक्ट हों उनके सभी की और यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक तैयारी करी कराई जाएगी आने वाले समय में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ठीक है तो मेरी आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट करें धन्यवाद